बेल रहे ऑन अब क्या बताते हैं कि कबीर परमात्मा वो समर्थ परमात्मा है परम अक्षर ब्रह्म है और परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी सतगुरु ही देते हैं वो कितने समर्थ हैं कि के नौलख नानक नाद में आदरणीय नानक साहेब जैसे महापुरुष अच्छी आत्माएं उनके नाद माने वचन के बच्चे होलिये बहुत गण दीक्षित हुए वो भी पार करे नौ लख नानक नाद में और दस लख गोरख तीर और लाख दत्त संगी सदा चरण चर्च कबीर गोरखनाथ जी को बहुत बड़ा सिद्ध माना जाता था गोरखनाथ जी को सिद्धों में सबसे ताकतवर सिद्धि वाला माना जाता रहा है। उन्होंने यहां तक चमत्कार कर दिए थे कि एक बार उनके बचंद्र नाम के गुरुजी काल प्रेरणा से एक सिंगल दीप के राजा की मृत्यु के उपरांत उस राजा के शरीर में प्रवेश करके वहां उसकी रानी को भोगने लगा उससे दो पुत्र हो गए उसके बाद किसी ने गोरखनाथ को व्यंग कर दिया किसी दूसरे नाथ ने कि यदि तू ताकतवर है ऐसी सिद्धि वाला है तो अपने गुरु ने बचा ले वो बकवाद करने लग रहा है वहां सिंगल दीप के अंदर तो गोरखनाथ जी वहां गए अपने गुरुजी को वहां से उससे पहले क्या किया कि किसी ने बता दिया उस रानी को कि ये कोई सिद्ध आत्मा राजा के शरीर के अंदर है और उस राजा की आत्मा जा चुकी है और ये कभी भी छोड़ कर जा सकता है इस शरीर को इसका शरीर मिलेगा कहीं पर किसी गुफा में ये छोड़ कर आया है तो रानी ने नौकरों को आदेश दे दिया क्योंकि उस नतरादद से यह था शरीर से यह था चाहे उसमें कोई आत्मा हो रानी ने ऐसा आदेश दे दिया कि कोई भी किसी संत का कोई शरीर मिला उसको फूंक दो सभी ने घूम फिर कर नौकरों ने गुफा में एक शरीर पाया उसको जला दिया वहीं पर राख कर दिया रानी निश्चिंत होगी फिर गोरखनाथ गई गोरखनाथ जी पहुंच गए वहाँ पर गोरखनाथ क्योंकि वहाँ जाने नहीं दिया गोरखनाथ जी को तो उसको मना कर दिया था रानी ने मुनादी चारों तरफ पैरें छोड़ दिए थे सीमा के ऊपर कोई संत नहीं आ जा क्योंकि साधु संतों ने यह भी बता दिया था कि एक गोरखनाथ का गोरखनाथ नाम का इन मच्छंदर जी का शिष्य है वो आकर इनको निकलवा सकता यहाँ से तो रानी ने चारों तरफ सीमा पर भी ये पैरे बैठा दिए थे कि कोई साधु संत मेरी इस नगरी में प्रवेश ना हो जाए। चारों तरफ कति बाड़ लगा दी थी एक गेट थाने का वहां पर पैरे छोड़ दिए थे एक बार मच्छंदर जी से उस रानी को पुत्र हुआ फिर पुत्र का जन्म दिन हुआ किसी दिन उसमें गाने बजाने के लिए बाहर से मंडली जानी थी गोरखनाथ ने पहुंचना था गोरखनाथ को जाने नहीं दे रहे थे गोरखनाथ जी ने एक ढोलकी बजाने वाले का दस्त लगा दिए सिद्धि थे वो बाहर से जो मंडली आई थी बाजे बूजे बजाने वाले और इतने दस्त लगा दिए कि वो चल नहीं सके तो वो चिंतित हुई मंडली के राजा की यहां जाना था हमारी तो सजा भी होगी पैसे भी इनका भी क्या बात है क्यों चिंतित हो कि ऐसे ऐसे हमारे एक साथी के दस्त लग गए राजा के यहाँ जाना है और एक किया बिना बात मने नहीं ना गोरखनाथ बोले मैं बजा दूंगा तो ढोलकी तुम्हारी बोला ठीक है तो उन्होंने बजवा के देखी सुर में सुर मिला दिया अगवा बढ़िया काम चल गया अब वहाँ आगे गोरखनाथ बैठे मच्छंद्र नाथ राजा के शरीर में अपला तून पा क्या सिंघासन पर रानी बैठी बराबर में दोनों दो बच्चे हो गए थे दोनों बच्चे गोदी में अब वहाँ वो जा रहे थे तो गोरखनाथ कह रहा था डम डम डम जाग मचंदर जाग तेरे फूट के भाग तो यहां से निकल जाग मछंदर जाग तेरे फूट बाग। वो मचंदर के भाग अब मच्छंदर राधा के शरीर में बैठा फटफड़ी ली तबरानी से कहा कि इस ढोलकी वाले को रख ले यहां वाला नौकर रख लिया फिर उसको समझाया कि आप क्या उद्देश्य लेकर तो शिक्षा दिया करते थे कहां फंस गए बीमारी में चलो तो कहने लगा मैं चलो तो मेरा तो शरीर फूंक दिया अब जाऊ कैसे कि तो आप निकलो यहां से वो शरीर छोड़कर निकल गए वहां पर राख थी उस राख के अंदर ये अस्थि बची हुई थी अस्थि जिनको ये मरने के उपरांत डाल छोटी मोटी बचरी थी उनको इकट्ठी करके अपनी शक्ति से गोरखनाथ ने जी का शरीर बना दिया पूरा उसी एज का और उसको प्रवेश कर दिया अब फिर क्या था अब देखो पुणात्माओं ये है खेल हम यहाँ फंसे रहे हम यहाँ अड़गी बुद्धि के इतना महापुरुष और देखो मुर्दे को भी जीवित कर दिया शरीर भी नहीं था फिर भी शरीर बना दिया ये जन्म जैसे अब ये सच ये चल रहा है ना आपका प्राइम टाइम है ये इसमें जो भक्ति करके पार ना हो ना इनमें इतनी गजब की भक्ति संचित हो जाएगी और इन से सिद्धियां आती हैं इसी भक्ति को अगर आप खराब करने लग जाओगे ना कुछ दिनों में बिना ज्ञान के किसी का जाड़ा लान लायक गए ठीक हो जाएगा और कोई किसी का आशीर्वाद दोगे वो फलन लग जाएगा आपके पेंचर हो जाएगा तो ये इतनी भक्ति इकट्ठी कर लेते हैं ये दूसल इस समय में अब दूसल रहे और ये पार हो नहीं पाते ये फिर काल के फंस जाते और यही फिर आगे प्रसिद्ध होते रहते फिर क्या होता है कि गोरखनाथ पिछले जन्म से सिद्धि युक्त था ऐसे अब हम ये सोचते है वो ऐसा महापुरुष हो तिर यू तो भगवान ने है इस तरह ताकतवर और कौन होगा अब उधर से जब मच्छंद वो चला था क्या नाम है राजा निकल के वहां से तो राजा ने क्या किया एक थैले में सोने का असर भी डाल ली गए कागे काम आऊंगे अपने भंडार्या में अब जब वो मच्छंदर का शरीर बना दिया राजा का शरीर वहा छोड़ दिया फिर वो झोला ठाकर चलिया मच्छंदर क्योंकि आत्मा तो वही थी जो सारी क्रिया और उस थैले में के थी वो लोहे की वो सोने की असर भी तो आगे कुएं पर पा पानी पीने लगे तो मच्छंदर ने कहा कि ले गोरख संभाल कर रखिए इसको इसमें बड़ी कीमती वस्तु है और सोने की असर भी है एक किलो पक्का ले रहा दो किलो पक्का और संभाल के जब पानी पीने लगे मत्स गोरखनाथ ने वो थैला कुएं में उलट दिया वो सारी असर फी सोने की कुएं में डाल दी और मत उस पर लाल और जा रहा है निकमत ने क्या कर दिया मूर्ख कहीं खाते ने अकल नहीं है गोरखनाथ बोले गुरुदेव आप तक अति राजऋ ऋषि बन गए ब्रह्म ऋषि नहीं रहे वहीं पर एक पहाड़ी थी छोटी सी अपने मंत्र से उस पहाड़ी को सोना बना दिया गोरखनाथ ने अब मच्छ को कहा कि ले गुरुदेव इन ठाले जितने डले चाहिए तेरे को अपने आत्मा दास आपको कहाँ लाना चाहता है यहाँ एक एक, एक पंक्ति है कि नौ लख नानक नाद में और दस लख गोरख तीर लाख वो चर्च के हमारे कबीर साहब कितने शक्तिशाली है उनमें कितनी ताकत है ये गोरख जैसे तो उनके चरणों में पड़े रहते हैं पास भी नहीं उनके जिसकी शरण में आप हो दास वहां लाना चाहता है अब क्या होता है ऐसा सद पुरुष और जिसने ऐसी क्रामात कर दी लेकिन वो पिछले जन्म जन्म के पूर्ण संघ्रहित थे इस समय के आपको बहुत बार सुनाया है गरीबदास जी की वाणी में है कि शब्द महल में सिद्ध चौबीसा हंस बिछोड़ विश्व हमारे इस मंत्रों में यहाँ की तो अष्ट अष्ट सिद्धि प्रसिद्ध है हमारे ये इस मंत्र से साधना से चौबीस सिद्धियां आ जाएंगी आप में पर इनको प्रयोग ना करना इन सिद्धियों की ताकत सिद्धि बिना विवाद नहीं सिद्धि से ही तो हमारी भक्ति रूपी जहाज चलेगा यानी हम से से उस सिद्धियों उड़कर तो हमारी टायर की हवा लिकलेंगे कैसे कैसे आगे तो ये गलती से पार हुए नहीं ये फेठ आगे कालक है और पहले उसमें उस ब्रह्मलोक में रखा वहा होटल में वहां इन सी सारी पूंजी खत्म करा के फिर पृथ्वी पटक दिया इनके पास फिर सिद्धि सिद्धि रह जाती है भक्ति खत्म करवा दिया अब ये फूले फेरे थे, फुले थे। तो इस प्रकार इस ज्ञान को समझ के फिर आप आगे बढ़ोगे इन लोग इन नकलियों के उप से भ्रमित नहीं हो पाओगे तो फिर क्या हुआ गोरखनाथ शरीर छोड़कर चला गया ये क्या करते हैं कि ये मुक्त होते नहीं ये लोक में चले जाते हैं और लोक में वहाँ यहाँ से मरे हुए जो सिद्ध थे वो सारे वहाँ इकट्ठे हो जाते एक जगह और ये भी वहीं चले जाते हैं जैसे पितर दादे पटदादे मर गए वो पितृ बन गए और फिर कोई मरता है वो पितर बनकर उन्हीं के पास जाता क्योंकि वो उन्हीं की पूजा कर रहा होता उन्हीं पर आस्था होती है इसी प्रकार ये साधु संत वहाँ चले जाते हैं अब क्या होता है कि काशी में जो परमात्मा आए हुए थे कबीर परमेश्वर जी कबीर परमेश्वर जी की आयु उसमें लगभग लग दस वर्ष की थी दस वर्ष की आयु थी और उधर से स्वामी रामानंद जी वैष्णो साधु थे उनका बोलबाला बनारस में काशी में उस पवित्र नगरी में घना था और जो नाथ परंपरा के थे जो नाथ परंपरा के होते हैं शंकर जी के पुजारी और वैष्णो परंपरा के वाले हैं विष्णु जी के पुजारी तो नाथ परंपरा वालों का लगभग वहां सफाया सा हो गया था लोग सभी वैष्णो धर्म को स्वीकार कर रहे थे तो गोरखनाथ जी को बेचा गया वहां से पितरलोक से कि नाथों का ताश कर दिया रामानंद ने और उसके साथ तू चर्चा करके कर कर, उसने फेल करके कर आ तब तो जनता नाथ पंथ को स्वीकार्य की तो गोरखनाथ वहां आ गया कहा काशी में और आके उसने रामानंद जी के पास एक चिट्ठी भिजवा दी कि मेरे साथ चर्चा करो गोष्ठी करो ज्ञान गोष्ठी गोष्ठी में यानी जो चर्चा में हार गया ज्ञान चर्चा में गोष्ठी में तो वो जीतने वाले का से बनेगा और जीतने उसके से होंगे वो सारे उस जीतने वाले के बनेंगे अब रामानंद जी के पास केवल ज्ञान था और उसके पास केवल सिद्धि थी इस पात्रकार स्वामी रामानंद जी को पता था कि लोग चमत्कार को ज्यादा मानते हैं और वो जाते ही कोई सिद्धि दिखा देगा और सभी ताड़ी पीट देंगे और मैं हारूंगा वो जीतेगा और नाश होगा भट्ठा बैठेगा भक्ति मार्ग का बहुत चिंतित था और परमेश्वर कबीर साहेब जी ने उनको हालांकि सब सब कुछ दिखा भी दिया था और वो कबीर साहब उनके सेस भी हो चुके थे वैसे लोग दिखावा शस थे लेकिन वास्तव में वो तो परंपरा निभाने के लिए शिष्य बने थे भगवान और रामानंद जी को गुरु मानते थे तो रामानंद जी से परमात्मा ने पूछा कबीर जी ने कि हे गुरुदेव आज कैसे टेंशन ले रहे हो आप? आप कुछ चेहरा उतरा हुआ लगता है क्या समस्या आ गई अपनी कोई संगत में दिक्कत आ गई है क्या बात है अब रामानंद जी ने बताया कि गोरखनाथ एक सिद्ध पुरुष आया है उन्हें गोरखनाथ का नहीं पता था कि गोरखनाथ है वो तो परमात्मा बता गो तो ने बताया कि तो गोरखनाथ है मालिक ने पहचाना उसको कि एक नाथ आया है और सिद्धि में बड़ा पहुंचा हुआ बताते हैं और ऐसे ऐसे शर्त रखी है और वो सिद्धि दिखा देगा लोग ताड़ी पीट देंगे मैं हरूंगा वो जीतेगा वैष्णो पंथ का नाश होगा अब कबीर साहब ने कहा देखो गुरुदेव आ, वो भी संत हैं आप भी संत हम आपके साथ चलेंगे कोई बात नहीं हारजी तो होती ही है देखते हैं उनको क्या कुछ ज्ञान गोष्ठी होती है रामानंद जी को भी बुद्धि बदली परमात्मा नहीं मद वो जानगे अगर जब कबीर साहब कह रहे हैं तो कोई बात नहीं चिंता का विषय नहीं कहने कहे ठीक है बच्चा चलो अब उस दिन अन्य जो थे रामानंद जी के उन्होंने अपना वैष्णो वाला वेशभूषा नहीं तैयार करी वो क्या करते हैं एक गले के अंदर एक तुलसी की एक मणिये की कंठी बोल रहे तुलसी का मोटा सा उसको कहते हैं वैष्णो परंपरा से दीक्षित की पहचान होती है और एक लंबा सा तिलक लगाते यो से यो तक इस तरह एक फावड़ी लेते हाथ में एक ऐसे यानी वो एक झोली लेते हैं झोली ये उनका एक वेशभूषा होती है और तक किसी ने बनाई नहीं हारा तक गे और यह हमने जबरदस्ती हुआ हम बनाओगे फिर इसलिए हम अपनी पहचान दिखाते को नहीं उस दिन कबीर साहब सारा वो वैष्णो परंपरा वाले सारे श्रृंगार करके गए और गोरखनाथ जी को भिजवा दिया गया ठीक है भाई आपकी गोष्ठी का निमंत्रण हम स्वीकार करते हैं उस स्थान पर पहुंच गए जहां वो स्थान निहित कर रखा था रामानंद जी का आसन अलग लगा रखा था गोरखनाथ जी का आसन अलग लगा रखा था गोरखनाथ जी साथ में एक अपना त्रिशूल रखते थे 10 फुट 8, 9 फुट लंबा और ऊपर तीन उसके ऐसे सिरे से होते थे त्रिशोल ऐसा होता था लोहे का डंडा सा होता था और वो नीचे से भाला टाइप होता था उसको जमीन में गाड़ के वहां रखा खड़ा कर रखा था और स्वयं आसन पर अलग से बैठे थे उधर से रामानंद जी का आसन ऊंचा था कबीर साहब अपने गुरुदेव के चरणों में बैठ के नीचे जैसे एक सुयोग्य शिष्य ने भूमिका करनी चाहिए ऐसी कर रही थी अब गोरखनाथ जी ने कहा कि रामानंद अब मेरे साथ गोष्ठी करो गोरखनाथ जी ने जब रामानंद जी से कहा कि मेरे साथ प्रश्नोत्तरी कीजिए तब परमेश्वर कबीर जी खड़े हुए वो बालक छोटे से और कहा कि गोरखनाथ जी मैं स्वामी रामानंद जी का शस्य हूँ और मेरे गुरुजी से चर्चा करने से पहले तुम मेरे से बात कर मेरे से निमट गुरुजी जी तब बहुत बड़ी बात होती है मेरे से कर बात तो गोरखनाथ जी अब गोरखनाथ जी ने कहा कि तू कब से वैष्णो बन गया कल का बालक है दस पांच दस वर्ष का बालक है तू और गोष्ठी करेगा गोरखनाथ के साथ तो कब का तेरी उम्र भी क्या है थोड़ी सी वाणी सुनाते हैं आपको फिर उसके बाद कथा सुनाएंगे योगी गोरखनाथ प्रतापी तासो तेज पृथ्वी कापी काशी नगर में सो पग पर ही रामानंद से चर्चा कर ही चर्चा में गोरख जय पावे कंठी तोड़े तलक छुड़ावे सत्य कबीर सेष जो भयहू ये वृतांत सो सुन ले हो गोरखनाथ के डर के मारे वैष्णो नहीं बेख संवारे तब कबीर आज्ञा अनुसारा वैष्णो सकल स्वरूप संवारा अब गोरखनाथ जी के पास रामानंद को खबर पठाई चर्चा करो मेरे संग आई रामानंद की पौड़ी पहली पौड़ी सत कबीर बैठे तिस् कहे कबीर सुन था चर्चा करो हमारे साथ प्रथम चर्चा करो संग मेरे पीछे मेरे गुरु कोटेरे बालक रूप कबीर निहारी तब गोरख तब ये वचन उचारी यानी कबीर परमात्मा को बालक रूप में देखकर कर गोरखनाथ जी क्या बोले कबके बहे बरागी कबीर जी कबके बहे बरागी कि तुम कब से बैरागी बन गया वैष्णो कब से बन गया तू काल का बालक परमात्मा क्या बोले नाथ जी तब से भये बैरागी मेरी आद आदि सुदलागी क्या बताते कि मैं कब से बैरागी हूं धू दो कार आदि का मेला नहीं गुरु को नाथा चेला तब का तो हम योग उपासा और जब का फिर अकेला धरती नहीं जद का टीका दीना धरती नहीं जद की टोपी दीना तेरा ब्रमा नहीं था जद का टीका और शिव शंकर से योगी ना थे मेरा तब का जोड़ी सिक्का द्वापर की हम करी फावड़ी त्रेता का हम दंडा सतयुग मेरी फिर दुहाई और कलयुग नो खंडा गुरु के बचन साध की संगत अजर अमर घर पावे कहे कबीर सुनो हो गोरखे हम सबको तत्व लखावे कि ए गोरखनाथ मैं जब तक ना ब्रह्मा था ना विष्णु था उससे पहले का कहूँ मैं इस बात को सुनकर गोरखनाथ जी को ने क्या पूछा अरे क्यों बात बना रहा है तू भक्त तेरी उम्र क्या है अब क्या बताते हैं परमात्मा जो बू सोए बावड़ा जो बू सोए बावरा क्या है उम्र हमारी योग पर ले गए हम तब के ब्रह्मचारी ही कोटि निरंजन हो गए पर लोक सिधारी हम तो महबूब हैं भाई सदा ब्रह्मचारी अरबों तो ब्रमा गए ये उनचास करोड़ कन्हैया तेरे ते सात करोड़ तेरे शंभु मर्गे मेरी एक नहीं पलैया कहते करोड़ों नरिंद्र मर्गे अलख नरिंद्र इक्कीस ब्रह्मांड के स्वामी और कहते हैं अरबों तो ये ब्रह्मा मर्गे और उनचास करोड़ विष्णु ये तेरे कन्हैया और सात करोड़ तेरे शंभु मर गए मेरी एक नहीं पलिया अब विशंकर जी का पुजारी नाच जीते और जब ये कहा कि शंभु भी मर लिए सात करोड़ और मेरी एक भी पल आयु की नहीं घटी है अर्थात तो मैं अविनाशी हूं कौटन नारद हो गए ये मोहमद से चारी देवताओं की गिनती नहीं ये क्या सृष्टि बिचारी नहीं बूढ़ा ना बालक और ना कोई भाट बिखारी कहे कबीर सुनो हो गोरख यह उम्र हमारी अब गोरखनाथ जी ने अब गोरखनाथ जी ने सोचा भाई ये तो घनी गनी बात बना हुआ है यु बच्चा सुनने वाले खुश हो रहे थे एक छोटे से बालक ने कितना गजब का उत्तर दे दिया अब ताड़ी थे इतने में नोरखनाथ ने क्या किया जो उसने तरसूल गाड़ रखा था त्र आसन से उठा सिद्धि से नो का नू आसन पदम लगाए लुए ऐसा उठा और उस त्रसूल के ऊपर जा बैठा ये देखिएगा और परमात्मा ने क्या किया परमात्मा ने कहा कि गोरखनाथ अब मैदान छोड़कर भाग्यमत आपकी और हमारी ज्ञान गोष्ठी की बात हुई थी यह ड्रामेबाजी दिखाने की नहीं यह जादूगिरी दिखाने की बात नहीं हुई थी ज्ञान की बात हुई थी और ज्ञान कर बैठ डंग से आकर यहां आसन पे यह ड्रामा क्या दिखा रहा है लोगों ने तौड़ी पीट दी क्योंकि वो बैठ गए ऊपर जाके तो गोरखनाथ ने कहा कि अगर ते तुम्हारे अंदर कोई ताकत है भगवान की मेरे बराबर आकर बैठ तब मैं गोष्ठी करूंगा तेरे से जमीन से आठ नौ फुट ऊपर त्रसूल के ऊपर जज कर बैठा सिद्धि थे परमात्मा को तो पता था यू बालक कितनी क्या हरकत करेगा परमात्मा जो सूत होते थे सूत कपड़ा बुनते थे और सूत की एक कुकड़ी बोला हरियाणा में कुकड़ी जो चरखे में माताएं एक करती थी वह इतनी मोटी हो जाती थी धागे की रील सी वह जेब में डाल रहे थे पूरी कबीर साहब ने क्या किया कि उस धागे का एक ऐसा पकड़ के और वो कुकड़ी यानी वह रील ऊपर न फेंक दी वह ऐसे खुलती खुलती और सीधा 150 फुट की ऊंचाई पर जाके ऊपर ला एंड खड़ा हो गया स्ट्रेट नो का नो मालिक की ताकत से और परमात्मा वहां से उठे और उसके ऊपर के एंड पर जाकर बैठ गए ये देखो अब वो नाथ जी बोना सा दिख डेढ़ फुट का नौ फुट ऊंचाई अब गोरखनाथ कबीर साहब ने कहा कि लेनाथ जी अगर बराबर बैठ के ही चर्चा करनी है तो आ जाए बेटा यहां मेरे बराबर में अब देखो ऐसी बात नहीं है कि गोरखनाथ तो आकाश में उड़ जाता था उड़ सकता था लेकिन एक तो चुंबक होता है परमात्मा तो सिद्धियों के भंडार हैं और सिद्धि क्या जैसे यह घड़ी है या सिद्ध कर दी मैकेनिक ने चल रही है सुइया और इसको चुंबक के सामने कर दो वहीं स्थिर हो जाएगी चल नहीं सकती तो वो सिद्धियां परमात्मा ने पहले उसकी सिद्धि फेल करी अब गोरखनाथ जिन सोचा ऊपर न उठो थोड़ा सा उठा दड़मी नीचा ग्रह की डुडी और डिग्गी होती गोरखनाथ को पहली बार अपनी कोई हार महसूस हो रही थी उस जीवन पिछले जब तक वो सो में था और कहते पहलवान होता ना तो के जो रेसलर होते हैं वो तो थोड़ी सी बात पर समझाते हार होगी और जो कंचने से होते हैं वो दे अब गोरखनाथ समझ गया कि ज्यादा बैस करने की कोई आवश्यकता नहीं ये कोई आम व्यक्ति नहीं है तब तो उसने कहा कि हे कबीर जी आप नीचे आ जाओ अब मैं आपसे आपका ज्ञान सुनूंगा तब परमात्मा ने उसको सारी सृष्टि रचना सुनाई तो परमात्मा ने कहा कि आपकी एक शर्त भी थी कि जो हारेगा वो चेला बनेगा आप हार गए अब बनो चेला मेरा गुरु जी का तो बाद में बनिए पहले मेरा बने तो वो कहने लगा जी ऐसा है मैं कुछ ज्ञान और सुनूंगा प्रश्न उत्तर करूंगा परमात्मा बोले के कर ले क्या प्रश्न उत्तर करेगा तो उसने परमात्मा ने फिर परमात्मा को कहा कि आप ही बताओ मुझे कि आप कहां से आए आप कौन हो ले मैं बताता हूं कौन हो परमात्मा बोले सुन ले अवगत से चल आया मेरा कोई भेद ना पाया अवधू अवगत से आया अवधूत हे गोरखनाथ मैं अवगत से चला आया जिसके बारे में कोई नहीं जानता तेरा ब्रह्मा जानता ना तेरा शंकर जानता ना विष्णु जानती अवधू अवगत से हे चल आया अवधू, मेरा कोई बेद मर्म ना पाया मात पिता मेरे मेरा जन्म गर्भ बसेरा बालक बन दिखलाया काशी नगर जल कमल पडेरा तह न पाया मात पिता मेरे कछ ना ही ना मेरे घर दासी जुला का सुत आने कहाया जगत करो मेरी हंसी मात पिता मेरे कछुना ही ना मेरे घर दासी ये का सुत का जगत करे मेरी पांच तत्व तो का, तो का दड़ना मेरा जानू ज्ञान अपारा सतस्वरूपी नाम साहेब का ओहे नाम हमारा अदर दीप सतलोक में अदर दीप भवन गगन गुफा में तान जुव तू सारा तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन वो ध्यान हमारा अदर दीप और गगन गुफा में तान जुवस तू सारा तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन वो दरता ध्यान हमारा हड चाम लहू ना मेरे हड चाम लहु ना मेरे कोई सतनाम उपासी नीन अवय पद हूं हड चाम लहू ना मेरे कोई मेराम उपास तारण तरण अवय पद दाता मैं हूं कबीर अविनाशी अपने सुख वेद में फिर गरीब दास जी ने बताया है कि गोरखनाथ सिद्धि में बोलिया यथार्थ मार्ग को छोड़कर सिद्धि में भूल गया मार्ग को गोरखनाथ सिद्धि में बोलया और टूने टाम हंड फूल्या ये मुर्दे तक तो को जीवित कर दे पहाड़ को सोना बताया बना दिया इनको तो गरीबदास जी कहते है वो मूर्ख टूने टाम करता फिरता था उसको क्या मिला जीवन में महिमा तो होगी पर मोक्ष रह गया मन तो सुख के सागर बस रे भाई और ना ऐसा ये यस यसरे भाई तो सुख के सागर बस रे भाई और ना ऐसा ये यस यसरे देखो इसको कहते तत्व ज्ञान इसको कहते हैं सुख सम्बेत अब हम एक ही बात को सुनकर उसकी महिमा गाते रहती थे उसी के गुण गाते रहते थे हमें पता नहीं था इतने जबरदस्त सिद्धियां दिखाने वाला व्यक्ति और कति जीरो था माइनस जीरो था अध्यात्म मार्ग में अब गोरखनाथ कहते हैं गोरखनाथ सिद्धि में बुल्ला और टूण हंड फुल्ला अर्जंतर मंत्र जोग निवाई और काल चक्कर जम, जम की की माही को कबीर साहब ने कहा कि तू तो काल की फर्द फर्द, फर्द सा हो है जो परमानेंट आपकी जमीन हो जाती है ना आपकी फरदमा आ जाती है तो आपका नाम होगी वह पक्की तो परमात्मा ने कहा कि तू तो काल की फरदमा चढ़ा है काल का फिर गदा बनेगा अगले जन्म में तो सिद्ध पाक गया महिमा होगी तेरी सिद्ध नहीं ये गधे हैं जो जाने नहीं सतनामा कहते जिनके पास सतनाम नहीं वो आज भी गदे हैं वो सिद्ध नहीं है हम उसको सिद्ध पुरुष कहते थे तो गोरखनाथ जी ने जब ये ज्ञान सुना उसने सोचा ही भी इसको फालतू छेड़ने की जरूरत नहीं है ज्ञान में यू तुझे कति नहीं जानते सिद्धि में भी उसके फिर उसका फिर रह गया थोड़ा सा कहने जी एक एक बार गंगा के किनारे चलो चल भाई क्या एक और मैं कुछ लीला करता हूं, आप मुझे उसमें कर देना आपका बन परमात्मा बोले चल गोरखनाथ जी गंगा के अंदर छलांग लगा और एक मछली का रूप धारण कर लिया घो मछली वहां पर तो उसने कहा था कि मैं इसमें छलांग लगाऊंगा और मुझे आप खोज देना दरिया से फिर मैं आपको गुरु बना लूंगा अब गोरखनाथ जी सद ने छलांग लगाई मछली रूप बना लिया परमात्मा ने छलांग लगाई वह मछली पकड़ टी टीवी बार लिया बाहर काट कर का गोरखनाथ बना दिया